हेलो फ्रेंड्स मैं सुजीत कुमार एडवांस ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो, हमारे दोस्तों हमारे ऐप यूजर है उनकी एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन पे जी हाँ हमारे एक ऐप यूजर है जो ऐप यूज करते हैं उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा है मिस्टर कपिल है उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है की हाउ कैन कैलकुलेट द रनिंग टोटल तो चलिए हम बात करते हैं कि किसी चीज का रनिंग टोटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका मंथ है और यहाँ पे आपका से, सेल्स है और यहाँ पे मंथली आपका सेल हम यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ मंथली आपका मान लीजिए सेल है। अब चाहते हैं जो भी हम मंथली सेल लिखे उसका रनिंग टोटल यहाँ पे आ जाए कैसे आएगा रंग टोटल तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको सम का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ B2 से B2 जी हाँ B2 से B2 टू सिलेक्ट कर लेना है सर B2 B2 से, से दोनों एक मैं बताता हूँ आपको ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं पहले B2 को फ्रीज फिर नीचे की तरफ जब हम ड्रैग करेंगे तो ये देखिएगा B2 B3 B4 B5 इस तरह से होता जाए मतलब जहां पे फॉर्मूला लगा है वो ऊपर अपने ऊपर की वैल्यू को सम कर रहा है इससे हमारा क्या होगा रनिंग टोटल आ जाएगा तो ये तो हुआ, running total without अभी यहाँ पे देखिए है, है पहले से तो ब्लैक नहीं चाहते हैं हैं तो तक ना ना लेकिन चाहते कि हो फिर भी ना दिखे, then इसके लिए आपको यहाँ, if का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि if, अगर सामने वाले value is equal to zero, तो यहाँ पे ब्लैंक दिखे अदबा जो डेटा आ रहा है वो डेटा दिखे अब इसमें नहीं दिखेगा इसमें आपको नहीं दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मंथ जो है रिपीटेड एक बार में नहीं है मंथ मंथ रिपीटेड है। चलिए पे को लिखते हैं और पे सेल्स में मैं फिगर से करता हूँ अब यहाँ पे मुझे रनिंग टोटल लगाना है कि जैन का रनिंग टोटल क्या होगा जी हाँ फाइव का रनिंग टोटल क्या होगा मतलब जैन यहाँ ट्वेंटी सेवन है तो नीचे ट्वेंटी सेवन प्लस 82 हो जाएगा और 109 होगा फिर नीचे ही होगा, आपका यहाँ, तो यहाँ पे आपका वन जीरो नाइन प्लस फोर्टी हो जाएगा इस तरह से तो इस तरह से करने के लिए हमें जब सम इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जी हाँ सम इफ. कैसे लगाएंगे यहाँ इक्वल सम इफ G2 जी टू कॉमा यहाँ टूरी वाले जी टू और पहले वाले एच टू को हम फ्रीज कर देंगे और फिर नीचे की तरफ हम ड्रैक कर देंगे तो हर मंथ का ये रनिंग टोटल आपको शो करेगा जी हाँ हर मंथ का रनिंग टोटल तो कपिल जी होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है अगर कुछ और चीजें हैं तो मुझे आप कॉल कर लीजिए कॉल करके मुझसे समझ लीजिए और आप लोगों को सीक्वेंस वीडियो चाहिए तो मेरे ऐप में जाइए मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए वहां से परचेज कीजिए और चाहे तो मेरे साथ लाइव क्लास भी ले सकते हैं थैंक यू